जब आप कंपनी के खारे, खारे, खारे, खारे, के नाम का नामी टी टीस रुपया क्या क्या क्या क्या नाम किया लौंगे लहसुन भी खा रहे मोटे खा रहे फीके खा रहे टमाटर भी खा रहे पोदनी खा रहे सादे खा रहे जीरो खा ट धनिया मिक्सर मक्का मिक्सर कोहा मिक्सर मंदरा थी खट्टे मीठे दाल चूड़े बारीक मोटी दाल टेस्टी दाल ने हरी दाल लाल दाल मूंग दाल चटपड़ी बूंदी सादी बूंदी सादी गांठी सादी पपड़ी <laughs>